अनोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा जो लिखा गया निबंध है धूल उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे इसके पहले हम इसी रचना यानी धूल का सार जान चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध धूल पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इसके प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे और उसके उत्तर मैं आपको यहां से दूंगा इसका पहला प्रश्न है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसमें पूछा गया है कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं तो इसका उत्तर है कि हीरे के प्रेमी हीरे को जब खरीदते हैं तो चाहते हैं वह साफ सुथरा हो चमकदार हो चकाचौन सी पैदा करता हो ऐसे हीरा ही उन्हें खूबसूरत लगता है अच्छा लगता है दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर है कि लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने उसे अपने शरीर में लगाने को सबसे दुर्लभ सुख माना है इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता क्योंकि वह मिट्टी पवित्र मानी जाती है और देवता के सिर पर भी उसे चढ़ाया जाता है अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर और इसका उत्तर है कि मिट्टी की आभा का नाम धूल है आभा यानी उसकी चमक उसकी पहचान धूल से ही होती है और अब इसके कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो पहला है धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती तो इसका उत्तर है कि धूल के बिना हम किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि धूल जीवन के सबसे निकटतम है माता की गोद से जिस दिन बच्चा उतर कर अपना कदम आगे बढ़ाता है तो उसका पहला कदम धूल पर मिट्टी पर भूमि पर ही पड़ता है तो वह माता की गोद से धरती माता की गोद में पहुंच जाता है इसी तरह मिट्टी मातृभूमि के तौर पर उस बच्चे के साथ उसका एक संबंध बनाती है और मातृभूमि के लिए मातृभूमि को माता से भी बढ़कर माना जाता है बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तब तो वह अपनी मातृभूमि की गोद में धूल से सन करके और भी निखर जाता है यह धूल शिशु के मुख पर भी पड़ती है और तब उसका जो आनंद है उसकी जो शोभा है वह कई गुना बढ़ जाती है इसी से बच्चे धूल से भरे हुए हीरे कहे जाते हैं फिर दूसरा है हमारी सभ्यता धूल से बचना क्यों चाहती है तो इसका उत्तर है कि जो शहरी सभ्यता है वह अपना विकास करना चाहती है और कृत्रिम रूप से जीवन को जीने की आदि हो गई है जो सहज चीजें हैं जमीन है धूल है पानी है हवा है वह इन सब से अपने को बचाकर रखना चाहती है वह आसमान में उड़ना चाहती है विकास का आसमान उसके लिए हमेशा एक लक्ष्य बना रहता है धूल को यह सभ्यता हीन समझती है सुंदरता के लिए खतरा इसे माना जाता है और बच्चों के लिए तो उसे बच्चों से दूर ही रखा जाए ये मानसिकता होती है और तीसरा है अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है तो इसका उत्तर है कि अखाड़े की मिट्टी बहुत ही असाधारण होती है वह पवित्र मानी जाती है देवता पर चढ़ाई जाती है और उसे तेल तथा मट्ठे के साथ सिझाया जाता है और उस पर जो पहलवान होते हैं वो कुश्तियाँ लड़ते हैं तो पहलवान सबसे पहले मिट्टी को ही प्रणाम करता है उसका आदर करता है फिर आगे बढ़ता है और चौथा आपके सामने स्क्रीन पर और इसमें हमको बताना है कि श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन कैसे है तो वह इस तरह कि श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है धूल को आंखों में लगाकर योद्धा उसके प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करता है भक्ति हृदय की भावनाओं का बोध कराती है धूल को माथे से लगाकर मातृभूमि के प्रति हम अपनी भक्ति को ही दर्शाते हैं बच्चा जब धूल में सन्न करके घर लौटता है उसे उठाकर जब हम चूम लेते हैं तो वह बच्चे के प्रति धूल के प्रति हमारे परम जो प्रेम है उसके प्रति जो लगाव है उसको व्यक्त करता है और अब प्रश्न पांचवा स्क्रीन पर लेखक ने इस पाठ में नगरी सभ्यता पर कई तरह से व्यंग किया है जैसे वे कहते हैं कि नगरीय सभ्यता में बनावटीपन पर जोर होता है कृत्रिमता पर बनावट श्रृंगार को महत्व तो मिलता है नैसर्गिकता को प्राकृतिक सुंदरता को वहां उतना महत्व तो प्राप्त नहीं होता वास्तविकता से दूर रहकर जीवन जीने की आदत डाली जाती है धूल से बचने की प्रवृत्ति होती है और इसके लिए लोग ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं घरों में शीशे लगाते हैं पर्दे डालते हैं और उससे अपना बचाव करते हैं और अब इसका ख करेंगे पांचवें का जिसमें थोड़ा बड़े उत्तर देने हैं इसमें बताना है कि बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई धूल को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि उससे प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर जाता है और यह शिशु की सहज पार्थिवता को भी निखारता है पार्थिवता क्या है कि हमारा जो शरीर है यह असल में मिट्टी ही है और जब मृत्यु हो जाती है तो यह मिट्टी में ही मिल जाता है तो हमको इसका एहसास होना चाहिए कि जो धूल है वही हमारा आखिरी शरण स्थल भी है उसी में जाकर के मिलना है तो इस तरह बनावटी प्रसाधन इसके सामने खुद ही धूल बन जाते हैं और इसी का दूसरा स्क्रीन के ऊपर अब धूल और मिट्टी में क्या अंतर है ये बताना है तो देखिए लेखक ने कहा है कि इसमें वही अंतर है जो शब्द और रस में है जो शरीर और प्राण में है जो चांद और चांदनी में है मिट्टी की आभा धूल है तो मिट्टी की पहचान धूल से ही होती है तीसरा प्रश्न इसका तीसरा खंड स्क्रीन पर और इसमें हमें बताना है कि ग्रामीण परिवेश में धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र नजरों के सामने आते हैं तो इसका उत्तर है कि जब अमराइयों के पीछे सूरज पहुंच जाता है और धूल उड़ती है तो उसकी किरणों से धूल मिल करके जो एक नया स्वरूप रचती है वह दर्शनीय होता है जब वही किरणें मिट्टी पर पड़ती हैं तब उसके सामने सोना भी मिट्टी हो जाता है इसी तरह शाम को बैलगाड़ियों के निकलने पर धूल इस तरह उड़ती है जैसे रुई के फाहे उड़ रहे हों इसी तरह एरावत हाथी के जो तारों से भरे हुए रास्ते की तरह जहां जहां स्थिर हो जाती है धूल के कण मानो तारे हो और चांदनी रात में जब मेले में जाने के लिए गाड़िया निकलती हैं तो यही धूल कवि की कल्पना बनकर उसके आसपास मंडराती रहती है तो लेखक ने इस तरह से इसके शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं इसी का चौथा हिस्सा है कि हीरा वही जो घन चोट ना टूटे से हमको इसको स्पष्ट करना है कि ये क्यों कहा है इसका उत्तर ये है कि हीरे की पहचान ये मानी जाती है कि उसके ऊपर घन हथौड़ा मोट बड़ा से बड़ा बदनदार हथौड़ा पटका जाए तब भी वह न टूटे ऐसा हीरा ही हीरा होता है पर हीरा तो टूट जाता है हीरा जो है नाजुक होता है तो लेकिन धूल के ऊपर हथौड़ा मारिए धूल नहीं टूटती क्योंकि वह तो पहले ही कण कण है उसको और विभाजित करने की शक्ति किसी हथौड़े में नहीं होती इसलिए धूल हीरे से भी ज्यादा बढ़कर मानी गई है और अब अगला हिस्सा इसका कि धूल धूल धूली, धूरी और गोधूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए तो इसकी व्यंजनाएं इस तरह स्पष्ट की जा सकती हैं कि धूल यथार्थवादी जीवन का गद्य है तो धूली उसकी कविता है धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदेह मुक्त होती है धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है और गोधूली गांव के जीवन की अपनी संपदा है क्योंकि वह और कहीं नहीं मिलती गांव में ही मिलती है अब आया छठवां छठवा धूल पाठ का मूल भाव क्या है इसे स्पष्ट कीजिए सॉरी तो इसका उत्तर यह है कि धूल पाठ का जो मूल भाव है वो यह है कि धूल हमारे जीवन का अखंड हिस्सा है हम उसी में रहकर जीवन प्राप्त करते हैं उसके साथ रहकर जीवन प्राप्त करते हैं उसकी प्रेरणा से जीवन प्राप्त करते हैं और इसलिए कवि ने जो है वो कृष्ण की भी जो है तारीफ में कहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो कृष्ण भी जब बचपन में धूल में खेल कर अपने शरीर में धूल लपेट लेते हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है शहरी सभ्यता में धूल के प्रति अलगाव होता है उससे बचाव के कि उपाय किए जाते हैं उसे बुरा समझा जाता है बच्चों को उससे बचाने की कोशिश की जाती है तो सब कुछ यहाँ पर जो शहर शहरी सभ्यता का है वह बनावटी है निसार है यथार्थ से दूर है और अब सातवां आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर है कविता को विडम्बना मानते हुए लेखक ने जो कहा है वो यह है कि गोधूली तो गांव में ही होती है जहाँ गायें होंगी वहीं पर गायों के पैर से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहा जाएगा शहरों में भी कुछ कुछ गायें होती हैं उतनी संख्या में नहीं होती पर होती हैं लेकिन हमने सड़कें बनाकर के धूल को पहले ही विदा कर दिया है तो यहां तो गोधोली मेला ही गायब हो गई है तो यही कविता की विडंबना है कि गांव में तो कविता गोधूली पर लिखी जा सकती है शहरों में गोधूली को देखना ही जब मुनासिब नहीं है तो उस पर कविता कैसे रची जाएगी और अब इसका गाह है निम्नलिखित कथनों के आशय स्पष्ट कीजिए तो पहला जो है वो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा और उसका आशय इस प्रकार है कि इसका आशय यह है कि धूल के फूल के ऊपर छाई हुई धूल फूल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है परंतु शिशु के मुख पर चढ़ी हुई धूल बताती है कि मनुष्य असल में पार्थिव है स्वयं मिट्टी है स्वयं धूल है उसका जीवन एक दिन उसी धूल में मिल जाएगा तो ये उसको स्पष्ट करती है तो दूसरा कथन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसमें बताना है हमको कि धन्य धन्य वे नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूर ऐसे ललिकान की ये एक ब्रज भाषा के कवित्त का एक हिस्सा है पंक्ति है कवि कहते हैं लेखक कहते हैं रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो धूल में सने हुए बच्चों को उठाकर गोद में रख लेते हैं क्योंकि ऐसे धूल भरे बच्चों को गोद में उठाने से धूल का भी स्पर्श होता है धूल के प्रति भी जो है वो स्नेह प्रकट होता है और अब तीसरा कथन स्क्रीन पर और उसका आशय इस कथन का आशय यह है कि मिट्टी और धूल का अंतर यह है कि मिट्टी शब्द है धूल उससे पैदा होने वाला रस है मिट्टी देह है धूल उसका प्राण है मिट्टी चांद है धूल उसकी चांदनी है ये रामलाल शर्मा जी ने इस ललित रचना में रम्य रचना में अपने इन भावों को व्यक्त किया है दोनों का अटूट रिश्ता है इसलिए लेखक इस तरह से उनके उदाहरण देते हैं इसी का अगला चौथा कथन आपके सामने स्क्रीन पर और उसका आशय है कि देशभक्ति की भावना का रूप ही अब बदल गया है देशभक्ति अगर मन में है तो देश की धूल के प्रति भी हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए तो वो कैसे प्रकट होगी जब हम धूल को धरती की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाते हैं तब हमारी वह भक्ति भावना प्रकट होती है अगर हम माथे पर नहीं लगा सकते तो लेखक कहते हैं कम से कम नंगे पैर धूल पर चलना अवश्य चाहिए ताकि उस धूल के साथ हमारा संपर्क बना रहे और पांचवा स्क्रीन पर आ रहा है और उसका आशय इस प्रकार है कि कांच और हीरे का भेद यह होता है कि हीरे को बहुत मजबूत माना जाता है कहा जाता है कि अगर घन भी उसके ऊपर पटका जाए तो हीरे को नहीं टूटना चाहिए और जो हीरा नहीं टूटे वही उत्तम होता है लेकिन अगर हीरे पे घन चलाया जाए तो वो हीरा टूट जाता है पर धूल पर घन चलाने से भी धूल नहीं टूटती तो हीरा टूटने के काबिल है इसलिए वो हीरा क्या है? हीरा जो टूट जाए और धूल के कण जो टूट नहीं सकते वो हीरे से भी श्रेष्ठ है क्योंकि घन भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और अब जो है हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके उपसर्ग छे हैं तो इसमें पहला शब्द जो है वो है विज्ञापित तो विज्ञापित में जो पहला अक्षर वि लगा हुआ है वह उपसर्ग है और ज्ञापित शब्द है उपसर्ग किसी शब्द में ही लगता है तो जब हम उपसर्ग हटाएं तो वहाँ एक शब्द बचना चाहिए अगर अधूरा शब्द होगा तो इसका मतलब है कि उपसर्ग हटाने में या लगाने में कोई गलती हुई है तो अब हमको संसर्ग को भी इसी तरह से इसका उपसर्ग हटाकर के देखना है तो इसमें उपसर्ग है सम और शब्द है सर्ग समन सर्ग संसर्ग अब उपमान उपमान में उप उपसर्ग लगा हुआ है उपधन मान संस्कृति में सम धन कृति दुर्लभ में दो धन लभ निर्द्वंद में धन द्वंद प्रवास में धन वास दुर्भाग्य में दुह धन, धन, धन भाग। तो ये थे उपसर्ग अब हम दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं जो भाषा के बारे में है कि लेखक ने बहुत सारे धूल से जुड़े हुए मुहावरे लिखें हैं हमको भी पांच मुहावरे अपनी ओर से देने हैं तो हम इस तरह दे सकते हैं पहला धूल फाँकना और इसका एक वाक्य भी बना सकते हैं कि लच्छ पाने के लिए लोगों को दर दर की धूल फाँकना पड़ती है दूसरा है धूल चटाना और इसका वाक्य इस तरह बनाया जा सकता है कि हमारे पहलवानों ने मलेशिया के पहलवानों को धूल चटा दिया परास्त कर दिया और तीसरा है धूल में उड़ाना इसका वाक इस तरह बनाया जा सकता है कि बहुत से लोग मेहनत की कमाई को व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं जैसे कि धूल में उड़ा रहे हो और चौथा धूल में मिलाना धूल में मिलाना किसी को नष्ट कर देना स्वागत के लिए शानदार शामियाना लगाया गया था पर आंधी पानी ने उसे धूल में मिला दिया बर्बाद कर दिया और पांचवा है धूल धूसरित होना इसका वाक्य होगा कृष्ण को यशोदा जी ने धूल धूसरित अवस्था में देखा तो वे वात्सल्य से मुस्कुराने लगे तो यह था रामविलास शर्मा जी का जो निबंध है धूल उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला हिस्सा आपसे अनुरोध है कृपया से शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मित्रों को बताइए और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए हम उसका उत्तर देंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद